गुड मॉर्निंग दोस्तों चाय पे चर्चा में मैं कमलेश नाथानी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए जो आए दिन अपनी जिंदगी दूसरों के दिए हुए सर्टिफिकेट पे जीना चाहते हैं क्या मानते हैं आप कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट दे देता दे दे चलिए आप निकम में हैं, तो क्या आप उससे निकम बन जाते हैं या फिर आपको कोई बोल देते हो आप तो बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं तो क्या मान लेंगे उस बात को नहीं ज्यादातर तो लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव जो जो भी जो भी कमेंट्स वगैरह आती आती है है आसपास में क्योंकि ये तो रहती हमारे पड़ोस में हमारे ऑफिस में हमारे परिवार में तो जैसे ही पॉजिटिव कमेंट्स आती है तो वो मोटिवेट भी होता है उसको और उसको फॉलो भी करता है तो प्रॉब्लम यह नहीं है प्रॉब्लम यह है कि अगर उसी व्यक्ति को अगर कहीं से डीमोटिवेट वाली कोई भी कमेंट मिल जाती है तो उसको पकड़ लेता है एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो अगर कोई भी बंदा अगर अपने काम में कुत रखता है मगर कई बार वो उस काम में सक्सेस नहीं हो पाता तो उस दौरान आसपास के लोगों से उसके कमेंट मिलती है कि यार ये तो निकम आए यार इससे काम नहीं होगा गलत वही चीज पकड़ के बंदा बैठ जाता है और परिणाम रूप क्या होता है कि वो धीरे धीरे वही चीज अपने जहर से अंदर उतरता जाता है और परिणाम स्वरूप वो ज्यादातर डीमोटिवेट कंडीशन में चला जाता है दोस्तों आज की इस मॉर्निंग ट्वीट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि लोग आपका एग्जांपल दें आपका उदाहरण दे और दूसरों के सर्टिफिकेट जीना छोड़ दीजिए अगर आप सही हैं, अगर आप में कुछ काम करने की कुत है तो आप फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस ये आपको विश्वास आपको आप में आपके अंदर पैदा करना होगा क्योंकि आज की इसकी भागदौर की, की जिंदगी में पल पल आपको डीमोटिवेट, आपको तोड़ने के लिए लोग सामने खड़े हैं मगर आपको उनमें से क्या लेना है क्या नहीं है वो आप पे निर्भर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, चाहते हैं हैं खुशी तो अपने आप में वो करिए और आगे जाके किसी के सर्टिफिकेट पे जीना छोड़ दीजिए क्योंकि यही वो लोग हैं कि कुछ भी काम करने से पहले हमारे जहन में बात डाल देते हैं कि यार ये तो मैं करूंगा मगर वो क्या कहेगा पड़ोस में रहने वाला शर्मा क्या कहेगा कि ऑर्फिड्स वाला वर्मा क्या कहेगा छोड़िए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने दम पर करिए अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिंदा लीजिए अगर एक बार वो गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे अगर आपको फायदा नहीं हुआ मगर तजुर्बा तो जरूर मिलेगा दोस्तों आज की मॉर्निंग में हम इतनी बात करेंगे अगले वीडियोस के लिए आप तैयार रहेंगे कल मॉर्निंग को हम वापिस मिलेंगे थैंक यू आभा धन्यवाद